भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सिंगरौली पहुंचे जहां उन्होंने नव निर्वाचित पार्षदों से मुलाकात की इस दौरान उन्होंने सिंगरौली पदाधिकारियों से आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सिंगरौली पहुंचे जहां बीजेपी पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की शर्मा चितरंगी ऐसी देवसर विधानसभा के बरगवा नगर परिषद पहुँचे उन्होंने देवसर विधायक सुभाष वर्मा के घर उनके परिजनों ऐसी मुलाकात की विडी शर्मा बाइक रैली में शामिल होकर भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे और नव निर्वाचित पार्षदों से मुलाकात की इस मौके पर वी शर्मा ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया मैं मैं आपकी आपकी को को में साथी साथी हूं। मेरे मेरे देखा नहीं देखा नहीं। मेरे मेरे आपका इतना है थोड़ी सी जो प्रॉब्लम अधिकारियों को